मेरे लाइफ में सिर्फ दो तो चीज है प्यार प्यार प्यारे राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है दिल है के मानता नहीं इश्क़ ना करना इश्क ना करना भाई ये तूने क्या हाल बना लिया अपना चल मेरे साथ जा चुकी है, है छ भाई साहब हाँ आपकी और आपकी बीवी की जोड़ी राम सीता जैसी लगती है कहाँ ना तो ये धरती में समाती है ना इसे कोई रावण उठा के ले जाता है ना तलवार की वार से और ना गोलियों की बौछार से ना तलवार की वार से ना गोलियों की बौछार से ये देश बर्बाद हो रहा है तो सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज से दोस्तों क्या आपको मालूम है कि गाय के गले में घंटी औरत के पैरों में पायल किस लिए पहनाया जाता है मालूम है आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ गाय के गले में घंटी औरत के पैरों में पायल इसलिए पहनाया जाता है कि उसे आने से पहले पता चल जाए और उसका मालिक सतर्क हो जाए कि सिंह मारने वाली आ रही है अबे कल तो तू मर गया था आज जिंदा कैसे हो गया हाँ यार मैं गया था यमराज के पास अबे तो वापस कैसे आ गया तू अरे यार कल आधार कार्ड भूल गया था ना पर तो जाऊंगा आधार कार्ड की फोटो स्टेट लेके चल चलो तू खड़ा हो जा जाने दिन का पारा सुना ऐसा मुझे ना आता नहीं आता मुर्गा बन जा सर सूखा या तरी वाला मैं सच बता रहा हूँ आप लोग यकीन नहीं करेंगे आज से दो महीने पहले हम बहुत गरीब थे बहुत हद से ज्यादा गरीब थे फिर हमने टीवी पे देख के सुगलक्ष्मी धनवर्ष्या यंत्र मंगवाया आप यकीन नहीं करेंगे केवल दो महीने में ही हमारे पास ढाई लाख रुपए का कर्जा हो गया मी आप जल्दी इधर से भाग जाओ क्यू क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए मोहब्बत भाई यार मेरी बंदी से लड़ाई हो गई यार ओ फिर मुझसे कहती पूरी दुनिया घूम लो तब भी मेरे जैसी नहीं मिलेगी ओ भाई ये तो हर लड़की कहती है यार पर यार एक बात बता मेरा दिमाग खराब है जो पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उसके जैसी लाऊंगा Excuse me. आप जल्दी इधर से भाग जाओ क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए दरवाजा खोल रहा क्या ऐसी तारामाई से